ऑडियो क्लिप नंबर 25. इसमें इंशाल्लाह पच्चीस बकरा की आयत नंबर इकहत्तर से लेकर तिहत्तर तक तिलावत तर्जमा और तफसीर सरातुलजनान सुनेंगे बिस्मिल्ला तर्जमा अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान रहमत वाला है قال يقول इकौतुल्लासलमतुल्लाह बहु तर्जमा मूसा ने फरमाया फरमाता है कि वो एक ऐसी गाय है जिससे ये खिदमत नहीं ली जाती कि वो जमीन में हल चलाए और ना वो खेती को पानी देती है बिल्कुल बेब है इसमें कोई दाग नहीं ये सुनकर उन्होंने कहा अब आप बिल्कुल सही बात लाए हैं फिर उन्होंने उस गाय को जबाह किया हालांकि वो जबाह करते मालूम ना होते थे जबाह करते मालूम ना होते थे तफसर सरातुल जनान में है के और, और गाय की गिरानी कीमत से ये जाहिर होता था वो जबाह करने का कष्ट नहीं रखते मगर जब उनके सवालत शाफी जवाबों से खत्म कर दिए गए तो उन्हें जबाह करना ही पड़ा तर्जमा और याद करो जब तुमने एक शख्स को कत्ल कर दिया फिर उसका इल्जाम किसी दूसरे पर डालने लगे हालांकि अल्लाह जाहिर करने वाला था उसको जिसे तुम छुपा रहे थे वतल तुम और जब तुमने कत्ल किया तफसर सरातुलजनान में है यहां इसी पहले कतल का बयान है जिसका ऊपर वाकया गुजरा فَقُلْ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِ اللَّهُ फरीबू وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ तय आयतीयुरी आयती लाल तर्जमा तो हमने फरमाया कि इस मकतूल को इस गाय का एक टुकड़ा मारो इसी तरह अल्लाह मुर्दों को जिंदा करेगा और वो तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है ताकि तुम समझ जाओ फकुल ना तो हमने फरमाया तफसर सिरा में है बनी इसराइल ने गाय जबाह करके उसके किसी से मुर्दे को मारा वो बहुकमे इलाही जिंदा हो गया उसके हलक से खून का फवारा जारी था उसने अपने चचाजाद भाई के बारे में बताया कि उसने मुझे कत्ल किया अब उसको भी इकरार करना पड़ा और हजरत मूसा सरातुल ने उस पर किसास का हुक्म फरमाया इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने मुर्दे को जिंदा करने के इस वाके से सेमत के दिन उठाए जाने पर दलील कायम की कि तुम समझ लो कि जैसे अल्लाह ताला ने इस मुर्दे को जिंदा किया इसी तरह वो कियामत के दिन भी मुर्दों को जिंदा फरमाएगा क्योंकि वो मुर्दे जिंदा करने पर कादिर है और रोजे जजा मुर्दों को जिंदा करना और हिसाब लेना हक है